आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसे कुछ भी नाम दिया जाए वो उसके लिए कम है जी हाँ आज हम बात करने जा रहे हैं शिवम मलिक के बारे में आइए देखते हैं मजा नहीं नहीं मोदी जी कब से प्लास्टिक बैन करने में लगे हैं और इस जैसे कुछ चूती लोग माफ करना मैं प्लास्टिक फैलाने में लगे हैं इन महाराज का कहना है कि जब बोतल खाली हो जाए तो उसके ढक्कन को बोतल की गांड में घुसो कर ताकि उसे कोई यूज ना कर सके ऐसे प्रेस करना है और इसके अंदर डाल देना है ये इस वजह से डाला हमने कि अब कोई जैसे हम इसे बाहर फेंकते हैं कोई दोबारा से इस्तेमाल करके हमें पानी की बोतल पुरानी भर के नहीं दे सकता नहीं नहीं बोतल पे लिखा हुआ होता है कि इसे रिसाइकल किया जा सकता है लेकिन नहीं हमें तो रिसाइकल नहीं करना हमें तो गांड में खुजली है प्लास्टिक फैलाना है इसी बात पर लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द